होता है और जब तीन नॉर्मल प्रोफाइल के लड़के निकल करके यहां पर डायमंड शिप की माला पहनते हैं तो दुनिया को प्रेरित करने का काम करते हैं इससे बेहतरीन काम क्या हो सकता है सबसे महत्वपूर्ण काम है किसी को प्रेरित करना और प्रेरित करने का कार्य हो सकता है या तो अपने शब्द से वाणी से और दूसरा अपने कर्म से आप अपने ज्ञान के आधार पर जब आप अपने ज्ञान से अपनी वाणी से अपने शब्द से जब किसी को प्रेरित करते हो तो किसी की जिंदगी बदलती है और जब किसी अपने कर्म से अपने कर्म से किसी अचीवमेंट को हासिल करते हो तब भी कोई प्रेरित होता है तब भी किसी की जिंदगी बदलती है और आज तीन ऐसे नवक युवक तीन ऐसे हमारे दमदार लीडर्स श्री मिलन यादव जी नरेंद्र जी और हरिनाम जी इन तीनों ने आज अपने परिवार के लिए तो गर्व बन के दिखाया ही दिखाया लेकिन इससे महत्वपूर्ण तो काम कि आज इस हॉल में डेढ़ हजार लोगों को इंस्पायर करने का काम का किया प्रेरित करने का काम किया कि मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं मैं बन सकता हूँ तो आप क्यों नहीं मेरा जीवन बदल सकता है तो एक और का क्यों नहीं यह शब्दों से किसी ने नहीं बोला लेकिन मुझे लगता है कि हरे के कानों में बार बार बार बार बार बार बार बार यही एक चीज गूंज रही होगी कि इसकी बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती ये बहुत महत्वपूर्ण तो काम होता है मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज इस प्रोग्राम का मैं साक्षी बना इस प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिला हमारे तीन बहुत ही ओनार बहुत ही दमदार बहुत ही मेहनती ऐसे दमदार लीडर्स जिनकी एज कम हो सकती है लेकिन उनके अंदर मच्योरिटी कई गुना ज़्यादा है और अपने समझदारी भरे विजडम भरे डिसीजन की बदौलत उन्होंने इस अचीवमेंट को लेके दिखाया मैं पूरे सेफ्स परिवार की ओर से सिस्टम की ओर से टीम की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूँ नरेंद्र गौतम जी हरिन गौतम जी मिलन यादव जी के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपने एक माइल को तय किया और आज बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी कि इस अचीवमेंट को हासिल किया जा सकता है दो हजार 2003 में इस बिजनेस के अंदर मेरा जन्म हुआ जून 2003 का वो महीना था जब मेरी डब्ल्यू की वेबसाइट पर मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ मुझे मेरी आंखों में न कोई ख्वाब था न कोई सपने थे ना कोई अरमान था क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा होने की बात तो छोड़ो मुझे अपने आप पे ही भरोसा नहीं था कि मैं यहां से कुछ बदल सकता हूं तस्वीर बदल सकता हूं कुछ हासिल कर सकता हूं लेकिन मैंने जैसा कि बोला कि सबसे नेक काम कोई होता है तो किसी को प्रेरित करना और मैंने यहां बहुत सारे अचीवर्स को देखा जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि अगर वो कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकता है मैंने मैंने उन को देखा, मैंने पर देखा कि उस जमाने में त्रेता में तो हनुमान एक ही थे इसलिए एक ही जामंद की आवश्यकता पड़ी लेकिन इस देश में 140 करोड़ हनुमान हैं, इसके लिए 140 करोड़ चालीस करोड़ चाम आएंगे? करेगा, वो भी बाकी है। अभी भी बाकी है वो और वो रहना में तो राखी बांधती है उसकी आंखों में अरमान अभी भी बाकी है वो जो जिसके साथ साथ फे रहिए उसने अपने कले का टुकड़ा दे दिया उस बात ने उस बेटे की आंखों में अरमान अभी भी, भी बाकी है कि एक बीज के अंदर असीम संभावनाएं परमात्मा ने दे के भेजी है एक बीज के अंदर एक बीज वो अगर जमीन में डाल दिया जाए और सही से उसकी देखभाल हो जाए मिट्टी और दमदार होनी चाहिए हवा भी मिलनी चाहिए धूप भी मिलनी चाहिए पानी भी मिलना चाहिए तो वही एक बीज एक दिन फलदार बनता है फूलदार बनता है छायादार भी बनता है एक बीज मात्र वह बीज को अगर सही से रख रखाव हो गया बीज के अंदर इतनी अनंत संभावनाएं होती हैं कि एक एक बीज विशाल जंगल को तैयार कर सकता है एक बीज के अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वह हजारों फल देने का कार्य कर सकता है एक बीज के अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वह कुछ भी संभव कर सकता है छाया भी देगा फल भी देगा फूल भी देगा लेकिन उसको मिट्टी सही चाहिए हवा भी चाहिए भी चाहिए चाहिए। और सब कुछ चाहिए। अगर रखरखाव हो गया तो आने वाले समय में उसकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती वो हमारी देखभाल कर देता है वो बीज एक बीज के अंदर वो ताकत परमात्मा देके भेजता है सुप्रीम पावर देके के भेजती है वह बीज आधारित कुर्सी में बैठा हुआ है वो बीज वह बीस लेकिन वो बीस इस मिट्टी को बीज को धूप भी देता है सिस्टम एजुकेशन के रूप में पानी हवा या प्लाइन देती है और यही बीज अगर इस मिट्टी डाल दिया जाए करने का सौभाग्य मिला मैं ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं लेकिन मैं आवाहन करना चाहता हूं आज इन दो हजार लोगों का यह मंच आपका स्वागत कर रहा है आइए